हरे कृष्ण सभी भक्तों का स्वागत है आज की में तो हम शुरू करते हैं ओम ज्ञान ज्ञानंजन शक्षुरो मिलता श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित ये भूतले स्वयं रूप कदम ददातीपदा वंदेहमं श्री श्री श्री श्री श्रीगुरु श्रीयुतापकमल श्रीगुरून वैष्णवाश्रम सहगढ़ रघुनाथ सजीव साधुम सवधूत पर्जन सहित सहितं चैतन्यम श्रीराधा कृष्णपादान सहेगढ़ ललिता श्री विशांचा हे कृष्ण कृणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गो राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषुभासुते देवी प्रणमा हरिप्रि वाचाकू से कृपा सिंधु पतिता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री श्रीअगेत गाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथा नाथा सीताये नम नम विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदाता स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषादी पाचातणी हरे कृष्णा तो हम शुरू करते हैं ओके भगवदगीता यथारू अध अध्याय दस श्लोक क्रमांक छब्बीस ट्वेंटी सिक्स तो अभी तक भगवान अपनी वृत्तियों का वर्णन कर रहे हैं आज फिर चार विभूतियों का वर्णन करेंगे ठीक है तो हर एक श्लोक में मिनिमम कम से कम चार विवृतियों का वर्णन कर रहे हैं तो इसमें क्या बता रहे हैं तो इसमें पेड़ों के बारे में बता रहे हैं कि पेड़ों में मैं कौन हूँ और देवर्षि में मैं कौन हूँ गंधारवा जो है ना उनमें मैं कौन हूँ और सिद्धा जो सिद्ध योगी है जो जो सिद्धि चाहते हैं या जो मतलब सिद्धियों में कपिल मुनि में हूं ठीक है तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं च अश्वत्थ्रेवर्षीण नारद सर्व चित्ररथ सिंपलो च नारद गंधर्वाणाम चित्र रिद्धान कपिलो मुनि ठीक है तो बिल्कुल इजी है श्लोक में तो कुछ चल रहे हैं छोटे छोटे श्लोक हैं पांच भी पांच भी मिनट के अश्वथा अश्वथा का मतलब क्या होता है अश्वथा का मतलब होता है पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ है पीपल बरगद का पेड़ वो भी पूज्य नहीं है वैसे हाँ लेकिन यहाँ पे अश्वत्थ मतलब अश्वत्थ मतलब बरगद होता है वैसे कि, लेकिन ये पीपल लेकिन, पीपल लेकिन होता नहीं बता तो रहे थे वो तो मुझे पता पीपल बता रहे हैं अशुधा का अश्वथा का यहाँ पे अश्वत्थ वृक्ष बोल रहे हैं पर कौन सा वृक्ष है ये नहीं बोल रहे अश्वत्थ वृक्ष तो वृक्ष मतलब पीपल का वृक्ष ठीक है तो पीपल का वृक्ष जो जितने भी वृक्ष है ना जितनी वृक्ष होने जितने वृक्ष हैं है, उन सब में अगर कोई पूजनीय वृक्ष है तो वो पीपल का पेड़ है ये कह रहा है, तो वो मैं मतलब मेरी है मतलब मैं उनमें मैन हूं तो कहते हैं ना भगवान देखो पेड़ों तक ही बता रहे हैं आप पेड़ों में मैं कौन सा पेड़ हूं तो इसलिए एक बरगद का पेड़ हुआ एक आंवला का पेड़ हुआ और तुलसी तुलसी तो एक पेड़ में नहीं आती मतलब हाँ तो इन सबके प्रति में अपराध नहीं करना चाहिए लात रख रहे हैं उनके ठीक है ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए ध्यान रखना चाहिए तो क्या करें अश्वथ यानी अश्वतो में, में वृक्ष अश्व का पेड़ ही है ठीक फिर कह रहा है तो सर्वरक्षा नाम अश्वथा सर्वरक्षा ठीक है ये पूरा सेंटेंस हो गया कि पूजनी है और भगवान विष्णु का स्वरूप पीपल का पेड़ भगवान कोई बुला रहा है नीचे देखकर बुला रहे हूँ मैं कहां पे था हाँ जो भगवान विष्णु है उसका स्वरूप है ये पीपल का पेड़ क्यों स्वरूप है वो आगे बताएंगे ठीक है फिर कह रहे हैं सेकंड लाइन में देवर श्री नाम चाह नारदा देव यानी देवता और ऋषि देवता और ऋषियों में मैं नारद नारद उन्दर बहन कि अब नारद ही भगवान है नारद मतलब की मैंने उन्हें शक्ति दी है मैन मतलब पावर जो दी, दी है भक्ति शक्ति दी है वो है ठीक है और गंधर्वा नाम चित्ररथ तो गंधर्वों में, में चित्ररथ हूँ तो गंधर्व कौन होते हैं जो गाना गाते हैं स्वर्ग लोकों में गाना गाते हैं देवताओं के लिए भगवान के लिए मतलब गाना गाते हैं मतलब गीत गाते हैं अच्छे च्छे। च्छे। अच्छे अच्छे स्वर्ग तो तो में गीत गाते हैं तो उनमें अगर मैन उठाया जाए तो चित्ररथ गंधर्व है तो सभी गंधर्वों में चित्ररथ गंधर्व है वो मिले ठीक है सिद्धान मुनि सिद्ध योगियों कपिल मुनि बहुत किसी को प्राप्त है लेकिन अगर मैन कोई उठाया जाएगा सभी सिद्धियों में कौन है सर्वोच्च तो वो कपिल मुनि कपिल मुनि दो है ठीक है एक नास्तिक कपिल मुनि एक आस्तिक कपिल मुनि यहाँ पे जो बात की जा रही आस्तिक कपिल मुनि जिनका वर्णन भागवत के तीसरे स्कता है ठीक है छपे भी है ना अपनी माता देहूती को ऐसे बता रहे हैं वो तीसरे स्कंध में तो सारे सिद्धों में कपिल हूँ मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ जैसे मैंने बताया मतलब पीपल तो, तो पीपल का वृक्ष में क्या खासियत है कि भगवान कह रहे हैं मैं हूँ बताएगा तो क्या क्या खासियत है पीपल के पेड़ में कि इसलिए भगवान करें मैं हूं अगर भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ मतलब तो कुछ तो स्पेशल होगा ना उस वृक्ष में बाकी होगा तो क्या, क्या क्या स्पेशल है क्या क्या वेरायटी है पीपल के पेड़ की ऐसे तो कैसे बोल दिया हम तो एक जैसी लग रहे हैं सारे पेड़ क्यों उसकी लोग पूजा कर रहे हैं कुछ तो स्पेशल होगा उस पेड़ में क्या स्पेशल है इसकी दातुन बना के हम दांतुन कर सकते हैं अच्छी सी ये स्पेशल है तो हाँ विष्णु स्वरूप तो है क्यों है मतलब क्या स्पेशल है उस पेड़ में आ, मैं बोलता हूँ कि नीम भी विष्णु स्वरूप है तो नीम में कुछ स्पेशल नीम तो कड़वाट देता है लेकिन फिर भी नीम अच्छा पेड़ माना जाता है क्यों क्योंकि जो निमाई आए थे ना नीम के पेड़ के नीचे क्या पीपल पेड़ का देखो ये है ये हर समय ऑक्सीजन देता है हर समय ऑक्सीजन से क्या होता है यानी प्राण की रक्षा करता है अरे हम सांस लेके तो जिंदा है ना और ऑक्सीजन देता है पीपल का पेड़ बाकी पेड़ ऑक्सीजन देते हैं लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं लेकिन ये पेड़ हमेशा ऑक्सीजन देता है हमेशा हाँ तो ऑक्सीजन देता है हमेशा कुछ पेड़ होते हैं जो रात में रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं निकालते हैं लेकिन जो पीपल का पेड़ है ये एक तो ये वराइटी कहीं भी लग जाता है ये ये छत पे भी लग जाता है देखा छत पे छत पे लग जाता है दीवानों पे लग जाता है कहीं भी लग जाता है ये पेड़ ये हो गया लगाने की जरूरत तो नहीं है लगाओ नहीं अपने आप ही लग जाता है एक तो ये ठीक है, है? दूसरा ये ऑक्सीजन देता है यानी प्राण की रक्षा करता है और तीसरा ये इतना लंबा होता है कि और पेड़ पौधे ना वो इसकी शरण लेते हैं मतलब क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ता है तो और पेड़ पौधे उसकी शरण लेते हैं तो अब आ गया ना विष्णु के स्वरूप विष्णु क्या करते हैं सबको प्राण लेते हैं प्राण है मतलब सबके ठीक है जिंदा रखते हैं सबको और क्या है सब शरण में ऐसी तो पीपल का पेड़ है इसलिए कौन कह रहे पीपल का पेड़ पीपल मैं ऐसी शक्ति दी है भगवान ने कौन कह रहा है लगाना चाहिए वो तो वो हाँ। तो कहीं भी लग जाता है पीपल का पेड़ छत सबसे पूजनी है ठीक है ओके और क्या बोल रहे और क्या खासियत है इस पेड़ की और बता रहे हैं देखो और हमेशा ऑक्सीजन देता है यानी प्राण देता है ये बता दिया हमने और ये इतना बड़ा होता है कि इसके नीचे बहुत सारे जो पौधे हैं वो शरण लेते हैं जैसे विष्णु शरण लेते हैं वैसे ये पेड़ शरण देता है और मैंने बताया अपने आप ही लग जाता है तो ये भी नहीं करने जरूरत है कि अपने, अपने आप ही लग जाता है कोई उगाने वाला नहीं होता अपने आप ही लग जाता है। और कहीं पे भी लग जाता है दीवाल पे छत पे देखे ना कहीं भी उड़ते पे पता नहीं चलता ये पीपल का पेड़ आपकी बोली कैसे होता है मतलब कहीं भी उग जाता है कोई लगा नहीं रहा है ऑक्सीजन देता है कैसे हर्षजनक क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं अगर भगवान सर्वव्यापी हैं तो ये क्वालिटी उन्होंने पीपल के पेड़ में भी दी वो भी सर्वव्यापी कहीं भी लग जाता है समझे जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं वैसे पीपल का पेड़ भी सर्वव्यापी है वो कहीं भी लग जाता है और साथ में ये शरण भी देता है प्राण भी देने वाला है और एक चीज और क्यों खास है ये जब महाप्रलय होती है प्रलय नहीं महाप्रलय तो जो मार्कंड ऋषि थे उनको जो दर्शन हुए थे ना कृष्ण के बाल अंगूठा करके वो भी पीपल के पत्ते पे ही पीपल के पत्ते पे जब समझ में आ गया पीपल का पत्ता क्या है? यानी सृष्टि से पहले भी पीपल का पत्ता यानी चौरासी लाख योनियों में भी पीपल का पेड़ नहीं आता यही समझ में आ रहा है ना यानी सृष्टि महाप्रलय हो गई ना उसके बाद दर्शन हो रहा है ना पीपल के पत्ता कहाँ से आ गया फिर अगर चौरासी लाखियों में तो पत्ता दिखने की वही नहीं है तो यानी चौरासी लाख का पेड़ नहीं आता इसलिए पूछे नहीं है पीपल का पेड़ पीपल का पेड़ और बाकी और भी अपने हिंदुस्तान ना कि आंवले का पेड़ और धागा बांध देते हैं परिक्रमा भी करते हैं तो ये तीन चार पेड़ ऐसे ऋषि तो ने भगवानी का तो दर्शन करे थे और चौरासी लाख की में नहीं आता दूसरा क्या बता रहे हैं और देवर्षिओम में नारदो नारद की तो इतनी व्याख्या है कि किसी भी संप्रदाय में चले जाओ कथा भरी पड़ी है वो हर संप्रदाय में एक तो उनकी स्पेशलिटी यही है हर संप्रदाय में वो यानी कि ब्रह्म संप्रदाय में ही है सी संप्रदाय में भी है रुद्र संप्रदाय में भी है और कुमार संप्रदाय में भी है सारे संप्रदायों में लीला वर्णन सब कुछ आता है नारद जी का और सब भूमिका निभा रहे हैं दे रहे हैं लेकिन यहाँ के लोगों ने टीवी वगैरह फिल्म वगैरह में क्या दिखाते हैं कॉमेडी मतलब कॉमेडी सीन लेना हो तो नारद की एंट्री करा दो है ना कॉमेडी नारायण नारायण चुटिया हिल रही है ये हो रहा है इस तरीके से वेशभूषा दिखा देते हैं बट क्या नारद ऐसे है नारद के जितने भी महान महान भक्त हुए हैं उनके गुरु तो नारद ही मिलेंगे यानी वो एक जीते जागते पारस मणि है मतलब किसी को वो टच करते दूसरा पारस मणि बन जाता है मतलब दूसरे को भक्त बना देंगे सेम टू सेम जैसे प्रीचर क्या करता है एक, एक दूसरे को प्रीचर करता है तो एक परिचर तैयार कर देता है इसी तरह नारद एक भक्त मतलब भक्ति देते हैं तो एक भक्त तैयार कर देते हैं कि तुम औरों को भक्ति दो तो नारद ये पर्सनैलिटी है लेकिन मतलब भगवान को को तो की छुपली कर आते हैं लड़ाई करते हैं वो भगवान की रिजाओ को बढ़ाते हैं और जल्दी फिनिश करवाते हैं वो चाहते हैं कि जल्दी भगवान आए जल्दी हो जल्दी मैं देख पाऊँ तो जल्दी जल्दी करा देते हैं जैसे की कल से बड़ा देर लगा रहा था वो सीधा बन गया मार नहीं रहा था मतलब नहीं आ रहे यार मारूंगा ना इसको भी अगर वो यही सोच लेगा तो इसका मतलब फिर आठवां नहीं मारेगा हो तो सकता है तो पाप अगर बढ़ेगा नहीं तो भगवान आगे उसने छह मार ही नहीं हो तो भगवान आती ही नहीं क्यों क्योंकि पाप तो कर नहीं रहा ना तो भगवान तो आते हैं ना जब जब पाप जब जब धर्म की हानि होती तब आते तो फिर तो नारदा टेंशन हो गई तो नारद आए फिर बताने के लिए कमल का एग्जाम्पल देना ना पंखुड़ियों का अब कौन सी आठवी है कौन सी पहली है देवता देवकूप बना देंगे विष्णु पता है कितना चतुर रही है वो अच्छा और अच्छा और फिर वो कंस के चेले का पार्टी थे वो भी कान भरने वाले थे इस तरीके से तर। कान भर देते थे उसका तो ऐसा नहीं ऐसा करो तो मतलब एक यूज भी ऐसा करते हैं महाराज क्या देखो तो क्या आइडिया दे रहे हैं उसके चेले कंस को ऐसा करते हैं जन्म तो ले लिया है आस के गाँव में जितने भी छोटे बालक है ना पांच साल तक सबको मार देते हैं क्या मतलब देखो तो ना आइडिया कितना अच्छा दे रहे हैं मार देते हैं होता तो हाँ ये सही है अगर ये आइडिया नहीं देते तो कौन से नहीं मारते उसे इतना आइडिया नहीं था लेकिन उन्हें दिया तो उसने मान लिया ऐसे फिर उनके चेले जाते होते तो नारद जी भगवान को बहुत प्रिय है उनके जितने बड़े शिष्य हैं उन जितनी बड़ी बड़े शिष्य हैं या जितने महान भागवत हुए हैं उन सबके कौन है नारद एक बार याद किया जाए किस किसके हैं एक तो मृगारी जो कितना क्रूर था उसको भक्त बना दिया और ये कितना डाकू था कतना कर उसको भक्त बना दिया वाल्मीकि बना दिया मतलब छुआ तो वाल्मीकि बन गया मृगारी को कितना एकदम बना दिया कि वो चीटी को भी नहीं मार रहा है मतलब कितना वो बना दिया एकदम बढ़िया मतलब क्या बोलते हैं कि बिल्कुल हिंसा नहीं कर रहा है किसी के प्रति ऐसा बना दिया और ध्रुव ध्रुव प्रहलाद यानी असुर के घर में जो असुर को भी भक्त बना दिया असुर के घर में आया उसको भी भक्त बना दिया तो जिसको चाहे भेद नहीं करते जिस कृपा को होगी वो वक्त बनेगा ही बनेगा इस तरीके से तो हम भी नारद के उसी आ रहे हैं पहले ब्रह्मा को ज्ञान दिया ब्रह्मा से नारदेर तो तो किया तो जो नारद है नारद के अंदर जो विभूति भगवान ने दी विभूति क्योंकि भगवान ने अपने अपनी विभूति को वर्णन नारद के अंदर जो विभूति भगवान ने दी है वो है भक्ति शक्ति जैसे चार कुमारों को कौन सी विभूति दी है ज्ञान शक्ति अपने श्री प्रोपात जी को कौन सी विभूति दी है प्रचार नहीं मतलब तो वही दिए जो नारद को दिए मतलब क्या है भक्ति शक्ति भक्ति भक्ति का तो प्रचार किया ना शक्ति दी कि पाश्चात देशों में प्रचार किया इसने तो भक्त तो बना दिए प्रोपर जी अपने जैसे कितने भक्त छोड़ गया मतलब जैसे वो थे उतने तो कितने बना के चले गए तो हमें सोचना है ठीक है ओके तीसरा क्या है मैं गंधर्व में चित्ररथ हूँ ये बहुत बढ़िया चित्ररथ चित्ररथ कौन है जो गंधर्वों के मुखिया है गंधर्व के जो टॉप है गाय जो गाय कलाकार जो भगवान के गीत गाते हैं वो तो एक बार क्या हुआ महाभारत में एक बार इनका युद्ध हो गया पांडवों से किसका गंधर्वों से उसके मैन मुखिया थे गंधर्व के चित्ररथ तो उसके बाद अर्जुन ने हरा दिया हरा दिया तो उसके बाद प्राण निकालने वाले थे बीघे में दे दिए कि जाओ मैं छोड़ता हूं तुम तो।, तो फिर वो प्रसन्न होके ग्रथ उन्हें चित्ररथ थे वो रथ प्रदान करते वे तो गंधर्व में थे ना गंधर्व लोग के चित्ररथित क्योंकि हुई कैसे लड़ाई थी पता है जब एक बार क्या हुआ था कि जब ये शकुनी था ना सकुनी सकुनी सब जानते ही हैंड वो कौन सा एक हाँ, तरीके से, तो जब इनको बनवास दे दिया था अब तो मुझे इतना याद नहीं बनवास हो चुका शायद बनवास हो चुका था तो ये जहाँ पे ठहरे थे ना तो वहां पे एक सरोवर था बढ़िया मतलब बढ़िया मतलब घूमने का जैसे पार्क टाइप हो सरोवर भी हो बढ़िया आनंद करने का हो तो ये कहते हैं कि हम भी चलते हैं वहां पे हम भी चलते हैं वहाँ पे, और इनका वहाँ पे कोई गाय का तबेला भी था मतलब मतलब जहाँ पे गाय वायन की रहती थी मतलब बहुत सारी दुर्योधन की वो था तो वहीं पांडव थे मतलब पास में तो कहते वहाँ चलते हैं अपन खूब मस्ती करेंगे इनको जीत घुमाएंगे मतलब जलाएंगे तो देखो ये हो गया हम देखो क्या शौक से कर रहे हैं ये वो तो ये जब वहां पहुंचे तो वहां गंदर पहले से मस्ती कर रहे थे बोला, ये हमारी जगह है गंदर कश्मीर जगह है जब लड़ाई हो गई तो गंदर ने सबका सफाया कर दिया मतलब दुर्योधन को मार रखो यहाँ तक जो करण था ना कर्ण था कर्ण तो भाग गया छोड़ के मतलब क्या था ना मैं हमेशा रक्षा अच्छा करूं भागा छोड़ के मतलब बंदी बना, लिया था। और बंदी बना लिया था मतलब तो फिर ये युद्ध हुआ था फिर मतलब जिन्हें चढ़ाया था तब से हुआ था चित्रकार अरे मैं तो इंद्र का वहां जानता हूँ मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था तुम्हें चढ़ाने के लिए आए थे जो भी है लेकिन हम आपस में मतलब कोई तीसरा नहीं आ सकता हमें दुश्मन भले ही है पर तीसरा नहीं आ सकता हाँ तो इस तरीके से भीम अर्जुन ने किया था ये चित्ररथ में हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि मैं हूँ तो सिद्ध पुरुष कपिल मुनि बताइए जो कर्जम मुनि और देहोती के पुत्र हैं तो ये ऐसा है कि इन्हें ज्ञान नहीं दिया भगवान ने ये यह ज्ञान पहले से ज्ञान था इनको। अपने दे रहे हैं ऐसा नहीं की कहीं से तपस्या हो, किया हो जैसे डायरेक्टली इन पे ज्ञान था पहले से इसलिए भगवान का अवतार बोले जाते हैं कपिल मुनि भगवान विष्णु के ठीक है अभी पढ़ेंगे अभी थर्ड कैंट चल रहा है थर्ड कैंड चल रहा है जब उसको पूरा पढ़ लूंगा तब पता चलेगा कहा लड़की छेड़ी थी कि नहीं छेड़ी थी, थी अभी फिलहाल मैं ऐसी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ हम्म तो करदा मुंडी के पुत्र थे और एक कपिल और हुए हैं जो जैन धर्म में आते हैं वो नास्तिक हैं इन्होंने प्रचार किया है मतलब नास्तिक सांख्योगी जिसमें उन्होंने सब कुछ बताया लेकिन भगवान को गायब कर दिया ठीक है भगवान नहीं है उसको और इन्होंने जो सांख्योग बताया भक्ति सांख्योग बताया जिसमें भगवान है ठीक है ये फर्क है तो हमें कौन सा किसको फॉलो करना है जो कपिल मुनि हैं, जो भगवान का प्रकार है वो ठीक है जो देवती के पुत्र हैं उनको तो जितने भी देवता और देव ऋषि हैं चलो ये तो मैंने सारा बताइए आगे पढ़ते हैं पर तात्पर्य तात्पर्य अश्वत्त वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं देवताओं में नारद विश्वभर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं, मतलब विभूति हैं। गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं इनका दर्शन भागता में उल्लेखित है यानी थर्ड स्कंध में बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए किंतु वे नास्तिक थे अतः इन दोनों में महान अंतर है क्या समान अंतर है वो नास्तिक थे नास्तिकवाद का प्रचार कर रहे हैं सस्तीकरण कर रहे हैं और ये आस्तिक थे तो ये भगवान विष्णु का प्रस्तिकरण कर रहे हैं ठीक है और क्या बता रहे हैं तो अंतर है ठीक है तो यही है, है? तो ये ये और कुछ नहीं है फिर आगे ये तो थीम खत्म हो गई अब कल से और स्टार्ट होगी ठीक है जिसमें अभी तो वो आएंगे शेर में हूँ जंगलों के वो आएंगे बहुत सारी चीजें आएंगी पानी में रस में हूँ मतलब इंद्र में इंद्र तो बता दिया ना इंद्र तो निकाल ठीक है तो हम थोड़ी देर उसकी चर्चा करते हैं मथुरा में उसके बाद फिर रुकेंगे हम हरे कृष्णा मथुरा धाम की ओके आज कौशल नहीं आया तो हम टैक्स नंबर छत्तीस से करेंगे ना स्टार्ट ना तीर्थ मथुराया ही ना देव के शिवा कोई भी पुण्य स्थल मथुरा से श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी देवता भगवान के श्रेष्ठ नहीं जिस तरीके कृष्ण से कोई श्रेष्ठ नहीं है उसी प्रकार मथुरा से भी कोई धाम श्रेष्ठ नहीं है वह पुराण में यह कहा गया है क्या कहा गया है श्रृणु तत्व भूमि कथा मानम अथो नघे मथुरे तीस विख्याता क्यों मथुरा क्षेत्र इतना मतलब विख्यात है क्योंकि ये मेरी प्रिय राधा का क्षेत्र ये बताना चाह रहा है इसमें हे कृपया सुनो जो मैं तुम्हें सत्य मथुरा मेरी प्रिय राधा की वास स्थिति के रूप में बहुत प्रसिद्ध है राधे राधे राधे बोलते हैं है राहदे बोलते हैं राधे राधे राधे राधे राधे क्या हुआ अगर बोलो राधे राधे बात है, मतलब रादे रादे, मतलब दोनों राधे भी हो रहा है और राधे राधे राधे राधे ठीक राह दे हटो रा प्रसन्ना चा भूमि मरी मम प्रिय भविष्य वरारोहे द्वापरे संस्त युगे कह रहे हे प्रिय हे सुंदर स्त्री कौन है पृथ्वी तथा पवित्र मथुरा वह स्थान है जहां मैं द्वापर युग में जन्म लूंगा यानी पहले के बता रहे हैं वराब भगवान बता रहे हैं ना कि मैं लूंगा मतलब वरा मतलब कृष्णा तब लूंगा यानी यामी व सुन्धरे शता पंच वर्षाणाम अत्री निश्चय हे भूमि देवी मैं राजा अयाति के कुल में जन्म लूंगा तथा मैं यहाँ एक सौ तक निवास करूंगा ये आयती के कुल में कैसे आए आयती की बड़ा वो है ना एक शर्मिष्ठा थी शर्मिष्ठा और देवयानी देवयानी शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों में झगड़ा हो जाता है किसी चीज को लेकर कुएं में पटक देती है मतलब नारे होती हैं तो शिव जी निकलते हैं मतलब तो सब लोग अपने अपने कपड़े मतलब पहन लेती है लेकिन कपड़े अच्छे लगाते हैं एक दासी थी मतलब शुक्राचार्य की लड़की एक राजा की लड़की थी अक्सर दोनों झगड़ लेते हैं तो वो उसको कुएं में पटक देती है कौन वो जो जो शुक्राचार्य की लड़की थी वो गिर जाती है मतलब उसमें कुएं में राजा लड़की पटक देती है तो फिर वो बाकी सारी बहस होती है फिर उनको शादी करनी पड़ती है उससे जो आयाती महाराज से आयाती मतलब काफी बड़ी है फिर उनके पुत्र होते हैं उस पुत्र में कहते हैं फिर उन पुत्र में फिर आते हैं यदू नाम के तो ये दूसरे फिर कृष्ण आते हैं उसमें इस तरीके से अच्छी खतरा होगी अवंतिका पूरी द्वारवती चै सप्तमोच्छ दायका अयोध्या मथुरा माया माया का मतलब हरिद्वार है यहाँ पे ठीक है अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका और द्वारका यह सात नगरियां मोक्ष प्रदान करने वाली है। अच्छा, मथुरा अच्छा मथुरा भी है और भी है तो तो बराबर हो। ये तो बराबर ये लगेगा नहीं प्रागे पढ़ो मथुरा खंड में नारदी ने कहा है धर्मविद गोप्यम सप्तणाम तो मथुरा मंडल स्मृत हे महाप्राग्य हे धर्मविद कृपया जो प्रश्न आपने पूछा है उसका उत्तर सुनिए मथुरा मंडल सात पवित्र नगरियों में से सर्वाधिक गोपनीय जाना जाता है जो ऊपर बताई ना उनमें सबसे गोपनीय कौन सा है मथुरा अभी अगर इसको आगे आगे और सुनोगे ना तो आगे आगे ऐसी चीज आएंगी जिसमें द्वादशी का एकादशी का और कार्तिक के महीने का ये फल बताया जाएगा कि इस दिनों में यहाँ कितना फल मिलता है और उसको सुनोगे तो हिल जाओ।, जाओ वो ये कह रहे हैं कि जी तो ये कह रहे रहे हैं हैं कि कार पैसे देखो दान हम दे रहे हैं। लेकिन दान स्थिति के हिसाब से भी कब देना चाहिए वो भी श्रेष्ठ होता है जैसे हम रोज मान लो कि नित्य सेवा कर उसका फिर डबल ट्रिपल हो जाता है ठीक है और अगर वही वृंदावन में होकर किया तो फिर तो कहना ही क्या कि तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते कि कितना लाभ मिल रहा है तो था था। कार्तिक जाए तो अरे कार्तिक में वहीं पे रह के मतलब जगह का होता, ना, का होता ना, है ना होता है ना धाम वो वैसे भी होता है लेकिन स्थान का और वैसे कर रहा है वो भी बहुत है लेकिन धाम में इतना ही कि हम सोच नहीं सकते इतना ज्यादा है तो कह रहे थे कि जितने भी लोग है यहाँ पे कमाने वाले और भगवान कहते हैं उसी में कहेंगे इसी में कि जो मेरे प्रिय भक्तों को लबालब घी से जो खिलाता है घी में डुबो डुबो के मतलब बनी हुई चीजें तो वो मुझे कितना संतुष्ट करता है वो मैं बता नहीं सकता इतना तो जो अग्नि में डालता है ना श्वास करता उससे भी मैं संतुष्ट नहीं होता तो प्रभु जी बता रहे हैं, ऐसा करो 10% लेके अभी से गुल्लक ढक लो जोड़ लो जब इकट्ठा हो जाए ना एक लाभ स्पॉन्सर कर दो पूरा ब्रह्मचारी के लिए मतलब ऐसा कर सकते हैं तो सोच नहीं सकते कि कितना लाभ मिले व्याकुंड टिकट वैकुंड पक्का है मतलब पक्का पक्का टिकट है मतलब, ऐसे दे रहे तो ऐसे दे सकते। तो मतलब आगे मैं सुना तो मैं सुनता ही रह गया ऐसी द्वादशी के दिन एकादशी के दिन और कार्तिक के महीने में तो इतनी विशेष है कार्तिक के महीने में तो अगर बीस हजार रुपए महीना में भी किराया मिल जाए कहीं पे कमरा तो उसी बोलिए आप बहुत कम दे रहे हो वो बहुत कम ही ले रहे हैं कम ही ले रहे हैं तुम कंपेयर करोगे ना कि वहाँ पे पग पग पे कितना मिल रहा है मान लो कि अग्निहोत्र मान लो अग्निहोत्रो एक लाख रुपया खर्च होता है और वो वहां तुम खाली एक पग चल लिया उससे हो गया तो कितने रुपए बच गया ठीक तो तो है आगे पढ़ते हैं त्रिशदर्षी है त्रिशदर्ष यत यलम भारत वर्षे तत्फलम मथुरा स्मरण मथुरा का स्मरण मात्र भी भारत वर्ष में तैतीस हजार सालों तक पुण्य करने के बराबर समझे क्या बोल रहे हैं अगर कोई मथुरा का स्मरण करता है यहाँ से बैठ के भारतवर्ष में कहीं से बैठ के मथुरा का स्मरण करना है तो तैतीस हजार सालों तक जो पुण्य करेगा तेतीस हजार साल तक नहीं होते कितने जन्म हो जाएंगे बहुत सारे तो, करने के बराबर है। खाली स्मरण करना कितना है आदि भरा पुराण में यह कहा गया है आदि भरा पुराण में यह कहा गया है महामाघयाम प्रयागे चा यद फलम लबते नत देवी मथुरायाम दिने दिने प्रयाग में महामाघ के पवित्र दिन पर माघ का महीना कौन सा होता है अच्छा प्रयाग में प्रयाग के बता रहा है प्रयाग में महामाघ के पवित्र दिन पर व्यक्ति को जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह मथुरा में दिन प्रतिदिन प्राप्त होता है समझे ना मान लो माँ का महीना आएगा तब वहां होगा यह प्रतिदिन हो रहा है ये मान लो कि सारे धाम चतुर्माश का भी बिताया जाएगा उसमें चतुर्मास में क्या है जितने भी धाम है ना सब यही आके विराम करते हैं सोचते मथुरा में सब यही आते हैं तो कोई बेवकूफ होगा जो फिर अन्य जाने की सोच रहा है सब कुछ यही है, है सारे धाम यही है सारी नदियां यही है सब कुछ यही है और फिर भी नहीं हम जा पा रहे हैं है ना फिर भी लोग पता नहीं कहां घूम रहे हैं वो घूम रहे हैं वास्तव में कैसे वो सिर्फ ये देख के आ रहे हैं हरिद्वार चलते हैं। क्यों भक्ति स्थिति थोड़ी बढ़ानी है भक्ति नहीं बढ़ानी है ना कुछ करना जैसे मैं आज वास्तव में पढ़ रहा था कि जो इंसान स्नान करने जा रहा है मतलब स्नान करने घूमने जा रहा है और उसने ऋषियों की खोज नहीं करी की वहाँ पे कौन है जैसे की जो विदुर थे जब वो घर से निकल गए थे तीर्थ स्थानों के भ्रमण कर रहे थे तो हरिद्वार जाकर उन्होंने किससे भेंट हुई उनकी मैत्री मुनि से भेंट हुई उनकी ठीक है तो मैत्री मुनि फिर भगवान बताया तो ऐसी अगर हम तीर्थ स्थान जा रहे तो वहां पे ढूंढो मैत्री मुनि कौन है मतलब जो मैत्री मुनि जैसा जानता हो वो कौन है उसको ढूंढो फिर उससे ज्ञान लो तब सिद्ध माना जाता तीर्थ स्थान में जाने से नहीं तो स्नान करके आ गए तो वो समय का अप्यव मात्र है लेकिन मथुरा मथुरा तो चाहे कैसे भी जा रहा है कोई पुण्य पट गिर कार्तिकम चयुण्यम पुष्करे तो व सुंदर फलते समय जो पुण्य फल प्राप्त होता है पुष्कर कोई पुष्कर कोई गया है और कार्तिक का मास चल रहा है तो जो फल प्राप्त होता है जो पुण्य प्राप्त होता है वह मथुरा में प्रतिदिन प्राप्त होता है वो भी है। मतलब जो पीछे बताया वो इसमें बताया वाराणस्यम ये मतलब पहले सात बताए ना सात बताए लेकिन साधन मथुरा भी गिन दिया नीचे के श्लोक में क्या बताया कि मथुरा गोपनीय है अब सबको एक एक से बता रहे हैं कि जो पुष्कर मिलता है वो मथुरा मिल रहा है तो सर्वसेट होगा ना मथुरा अपने आप ही तो अब एक एक से सबका बता रहे हैं अब बता रहे हैं वाराणसी वाराणसियाम वारा तो यद पुण्यम राहुग्रस्ते दिपाकर देवी मथुरा एम हे देवी वाराणसी में सूर्य ग्रहण पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह मथुरा में अपनी इंद्रियों को सीमित करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है जो वहां जा रहा है यहाँ पे इंद्रिया सीमित कर लिए उसने मान लो वहां के मतलब भक्ति कर रहा है बाकी चीजें नहीं कर रहा है इंद्र को सीमित कर रहा है तो उसे प्राप्त होता है आगे पूर्णे वर्ष सहेस्त्र यत्फलम तू यम लगते देवी मथुरा नहीं हे देवी वह पुण्य फल जो व्यक्ति वाराणसी में हजार वर्षों पश्चात प्राप्त करता है वह एक ही क्षण में मथुरा में प्राप्त हो जाता है आपके बोलेगा इतना बोल एक ही क्षण में पाप नष्ट एक ही क्षण में इतने कितने पाप है अब जोड़ के गिन लो कितने पाप है इतनी साल एक चतुर्योग चतुर्योग ठीक है उसके बाद एक मनु जाएंगे ठीक है ऐसे चौदह मनु हैं चौदह मनु तब ब्रह्मा के बारह घंटे होंगे ठीक है ऐसे ब्रह्मा के सौ साल है अभी ब्रह्मा के पचास साल हुए हैं और इससे पहले यानी कितने होंगे हम भगवान धाम में नहीं है तो है, यही है आप छोड़ के देखो पाप कितने होंगे फिर है ना तो इसलिए इसमें बोले जा रहे हैं क्षण भर क्षण भर खत्म हो जाते हैं परम पुराने पातलखंड में भी ये कहा गया है वर्से प्रयाग में हजार वर्षो तक वास करने द्वारा प्राप्त होता है मथुरा में प्राप्त होता है तो, है। तो सारे बताते आ रहे हैं सारे तीर्थों से कैसे श्रेष्ठ है आगे हम फिर कल पढ़ाएंगे गोदाम ओके हरे कृष्ण टाइम भी हो जाए ना ज्यादा सबको ठंड लग रही होगी खेल ये जितने भी प्रोफाइल ऑफ कर हैं, वो एकदम रजाई में घुस के देखना होगा उठो सो भी गया गये सो भी गये हूँ वो भी नहीं पता है चलो हरे ठीक हरे हैं। हैं। कोई है कोई बात नहीं सो गए हरे कृष्णा जगत गुरु शीला प्रपात की जय श्रीमद गीता की जय नेता मनि हरी गो